दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कम उम्र में ही इतना नाम और शहरत हासिल करके दुनिया को अलविदा कह जाते हैं कि उनके मौत के कई अरसों बाद भी उन्हें याद किया जाता है ऐसे ही एक महान शख्सियत थे ब्रूसली ब्रूसली को दुनिया का बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट माना जाता है ब्रूसली का जन्म सत्ताईस नवंबर 1940 को अमेरिका में एक चीनी परिवार में हुआ था ब्रूसली के पिता का नाम ली हो चुिन था जो एक ओपेरा आर्टिस्ट और एक फिल्म आर्टिस्ट थे और उनकी माता ग्रेस हो हाउसवाइफ वाइफ थी ब्रूसली का परिवार कुछ सालों बाद ही अमेरिका से हॉन्गकॉन्ग वापस आ गया ब्रूसली के पिता एक फिल्म आर्टिस्ट थे जिसकी वजह से उनकी फिल्म इंडस्ट्री में जान पहचान थी ब्रूसली ने छः साल की उम्र से ही फिल्मों में एक्टिंग करनी शुरू कर दी थी जब ब्रूसली छोटे थे तो बहुत कमज़ोर थे इसी के चलते उनके पिता ने उन्हें यह सुझाव दिया कि वो मार्शल आर्टिस्ट की ट्रेनिंग ले कुछ सालों बाद वो मार्शल आर्टिस्ट में इतने बेहतर हो गए कि जो बच्चे उन्हें बचपन में मारा पीटा करते थे ब्रूसली ने अब उन्हें सबक सिखाना शुरू कर दिया था ब्रूसली के पिता ने उन्हें आगे की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका भेज दिया ब्रूसली ने यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में एडमिशन ले लिया लेकिन पढ़ाई में तो इनका मन लगता ही नहीं था वो कॉलेज में भी दूसरों बच्चों को मार्शल आर्टिस्ट की ट्रेनिंग देने लगे और उसी से पैसे कमाने लगे धीरे धीरे ब्रूसली मार्शल आर्टिस्ट की दुनिया में अपनी पहचान बनाने लगे उन्होंने अपना खुद का एक मार्शल आर्ट ट्रेनिंग सेंटर भी खोला था उनकी सबसे बड़ी मूवी उन्नीस में आई जिसका नाम बिग बॉस था जो कि एक चाइनीज़ मूवी थी इस फिल्म की वजह से ब्रूसली पूरी दुनिया में फेमस हो गए थे कुछ सालों के बाद ही एक्टिंग की दुनिया में ब्रूसली ने बहुत बड़ी सफलता हासिल कर ली और बहुत बड़ी बड़ी फिल्में दी ब्रूसली एक अच्छे आर्टिस्ट और पोइट भी थे उन्हें किताब पढ़ने का बहुत शौक़ था बीस जुलाई उन्नीस को अचानक से ब्रूसली के शरीर में दर्द होना शुरू हो गया जिससे राहत पाने के लिए ब्रूसली ने पेनकिलर का प्रयोग किया और आराम करने के लिए लेट गए लेकिन इसके बाद ब्रूसली कभी वापस उठे ही नहीं उन्हें फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया डॉक्टर का कहना था कि इनकी मौत की वजह एक रिएक्शन है असल में ब्रूसली हैशिस नाम की एक ड्रग्स लिया करते थे जो उस टाइम पर लीगल थी ड्रग्स और पेनकिलर के रिएक्शन की वजह से उनकी मौत हो गई ब्रूसली के डेथ के बाद उनकी कई सारी फिल्में लॉन्च हुई जिसके ज़रिए फिल्म मेकर्स काफ़ी सारे पैसे कमाए ब्रूसली के मौत के बाद हॉन्गकॉन्ग सरकार ने एक जांच आयोग की टीम बनवाई लेकिन उनकी मौत की गुत्थी अभी तक कोई भी सुलझा नहीं पाया तो दोस्तों यही थी मार्शल आर्टिस्ट के बादशाह की कहानी